चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं कौन सी है जमीन जमीन वो डो है ये सारा इस पे घास होगा हुआ है घास तो इस जब से बंजर ही पड़ी है हाँ दो साल सा से ऐसे पड़ी कितने बीगे थी ये अठारह बीघे के करीब में तो बोरिंग भी है खुद का इसी उसका बोरिंग है हाँ ये बोरिंग मार रही है उनमें से बोरिंग यहाँ पे स्कूल बनाने के लिए कह रहे है वो। हैं वो है जी कॉलेज बनाने के लिए के? टेक्निकल कॉलेज का, का प्रस्ताव रखा है इसी जमीन आसपास पास बंजर भूमि नहीं है यहाँ सरकार की बंजर भूमि बहुत है उस पर क्यों नहीं बना रही तो तो है सरकार केरीब आदमी समझ लो या लाचार समझ लो खुदी समझ लो गरीब को दबाव इस नहीं कर पा जहाँ चला है चला है पर फिर उसका चमारोकी है फिर ये इधर ये चमारो की है अभी या, भी या, या अभी समझो या किसी फिर भी अभी या के अकेली कितनी ज़मीन आपकी बस पहले सत्ताईस बीघे ज़मीन थी सत्ताईस बीघे में फिर प्रधान ने ये करके समझौता या 10 बीघे ज़मीन दी थी इधर इंदिरा गांधी की योजना तक जिसका कब्जा है सन पचासी से उसकी ज़मीन है इंघे पलट के इंगे दी चलो जी वो चेक कट गए चेक कटने के पास प्रस्ताव हो गया प्रस्ताव के बाद आप फिर क्या रेट पर सूचा रहेगा मुझे इन्होंने तंग कर दिया तो आपके पास जमीन थी आपको उसपे से हटा के उनको कौन बोल रहा है वो उसको खुद प्रधान बो रहा है उसमें चारा बोया हुआ है और हमारे पास। कुछ हमारे पशु भूखे मार रहे है अब हमारे पास वो सारा था हम किसके यहाँ पे घास लेने जाए चारा ले हम अपने पशु को कान लेके जाए प्रधान कौन है प्रधान हमारे गांव की उमरेश देवी प्रधानपति प्रदीप मलिक कितनी जमीन थी आपकी उन पट्ट हमारे पट्टों में लगभग सत्ताईस अट्ठाईस बीघे जमीन थी जो हमारे पास दलित वर्ग पर थी और आपके खुदके कितने थे? तीन तीन बीघे के पट्टे हमारे सभी लोगों के थे कुछ के पट्टे थे वे उनसे भी छुड़ा लिए गए उसमें गाँवशाला बना दी गई घर छोड़ के चले गए साहब जमीन छुटने के बाद ही तुरंत वे छोड़ के चले गए पलायन कर गए से कितनी जमीन है उसमें हमारी जी सोगज है जी वो तो लगभग पूरे दलित समाज में कितने लोगों को मिली हुई है ये उन्तीस परिवार को मिली हुई है जी दलित में दलित में तो नौ परिवार होंगे शायद जाटों ने उसमें काफी साल तक खेती बाड़ी भी करी है और जो हमें ये जमीन मिली थी तकरीबन उन्नीस के आसपास में मिली थी जी और उस पर हमने जो अपना कब्जा किया था वहाँ से किसी ने चार हज़ार लीटर लगाई किसी ने पाँच हज़ार लीटर लगाई झोपड़ी झापड़ी सी डाली उधर जाके तो उधर गांव के लोगों ने जाटों ने स्कूल के साथ मास्टरों के साथ लगकर वो स्टे ले लिया था उसका ज़मीन का कि भाई ये ज़मीन स्कूल में आ गई है। हमारी ये तो ये स्कूल की जगह है तो हमें वहाँ से लाठी चार्ज कर कर हमको भाग दिया वहाँ से जमीन आज नहीं यहाँ तक भाई सारी जमीन जहाँ तक पे है ना अच्छा अच्छा जहाँ तक पानी चमक रहा है आपको ये वहाँ तक है साथ भी की जमीन है थी जी तो हमने यहाँ पे अपने प्लाटों में डाली थी भाई अपने मकान मकून बना लेंगे नी के लिए डाली थी वो तो वो भी यहाँ से रात को उठावा गए अपने पता नहीं कि हाँ दी थी वे डटों ने और स्कूल के मास्टर जो ने तो, तो नहीं पूरी बात पीछे। जमीन जाने के बाद तंगी तंगी हो सब बच्चों की पढ़ाई में खाने में घूमने में बच्चों को ले जा नहीं सकते ले सकते पहले सही सलामत बच्चे आनते थे आज छोटा बड़े वालों के बड़ा छोटे के पहे रहे जैसे जमीन रही है उस समय परिवार के हालात कैसे थे आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी ठीक है अब समझ लिया बस रोटी खाने में भी तंगी है अब आके कैसे मतलब घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब सर प्राइवेट जॉब कर रहे दस हज़ार रुपये में हेल्प्री की नौकरी कर रहे फिर पहले से कहीं निकलते आदमी हाथ का तस्कर बन जाए मिस्त्री लाइन में काफी समय दे चुका हो तो बहुत कुछ हो जाए दस में आप खुद समझदार हो क्या कर सकता है अपना दो बच्चे, एक वाइफ, घर खाना जाना भी मेरे कर। हाँ है रावण यार बस तूने वही वो पता करा हम किस दुकान पे बुलाये हैं फ़ोन नहीं ढाया है यार बहुत जल्दी जहाँ तू चिंदिया था हाँ ये हाँ। अच्छा। किस चीज का है? का है या ये ये रिपोर्ट योग की? अच्छा क्या बोला उन लो ने? उन लोगों लोगों ने? ने मोहर लगाई थी लिखा की जमीन मिलनी चाहिए अच्छा ये वाली या दूसरी फिंगी? नहीं दूसरी मिल जाये या मिल जाओ कोई अच्छा, सी जमीन होनी चाहिए जमीन होनी चाहिए ज़मीन को लेके आप पे गए क्या करो जी मैं तो नखलाऊ भी गया और अजी दिल्ली भी गया और जी से सारणपुर भी गया और अजी यहाँ भी गया के नाम इसमें शामली भी का हाँ सी इसमें दले, ना कराने या तारीख लगे हाँ। रोक ले भाई तो मेरा क्या था ये कितना खर्चा हो जाता होगा आपको एक बार में एक बार मैं कम से भी कम पाँच सौ रुपये एक तारीख का पाँच सौ रुपये लग कह ना। कह ना। अगर आप कहीं बाहर जाते हो जैसे कि लखनऊ और कहीं वहाँ वहाँ तो, तो मतलब बहुत घना मतलब खर्चा हो जाता उसमें अपना अनाज के दाने कर लेते जाकत खा लेते ना। ना। ना। खा तो ऐसी भी नहीं जमा मजदूरी कर मार तो लू मारो गेहूँ हो रहे थे नुकसान जी मेरे दस हजार का नुकसान हुआ उस टाइम पे डाई काड़की है उनके फिरे भी नहीं फेरे गयी मैं ये दो हजार एक में जो बीजेपी आई थी और दो हजार में राजनाथ सिंह मुख्या मंत्री थे यूपी के उन्होंने ये निरस्त कर दिए थे उसके बाद भी हमें कोई नोटिस नहीं देगा जमीन खाली कराने दी तो हमें कोई नोटिस देते हमारे पे कोई नोटिस भी नहीं दो हज़ार में बीजेपी सरकार आई 2019 में फिर दोबारा आई और इसी सरकार में 2001 में भी बीजेपी सरकार ने छीनने की कोशिश करी थी और 2019 में तो च... कब्जा मुक्ति करा दी सफाई हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारा संगठन नहीं है हमारे पिछड़े लोगों का जो दबंग लोग है, जो ऊँचे तबके के लोग है, जाट लोग है, उसका ये फायदा उठाते हैं कि ये लोग तो कुछ कर नहीं पाने के इन पर कब्जा कर लो जो कुछ भी से छीनना चाहते हैं वो छीन सकते हैं ये हमारे पास जमीन होती तो हमारी झोंपड़ी होती हमारे अपने बच्चों को लिखाते पढ़ाते भी हम रहते उनमें आज हम चार महीने यहाँ किराए पे रहते हैं चार महीने हम बाहर भट्टे पे रहते हैं आगे हमारा कोई ढंग ही नहीं कहीं पे, हमारे पास हमारी जमीन होती हम अपना उसमें सुधार करते अपना परिवार को पालते सही तरीके से आगे आप क्या, क्या आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे? तैयार हूँ आंदोलन ही करना पड़ेगा आंदोलन चला हुआ कुछ होता आंदोलन चला आंदोलन करना पड़ेगा निश्चित करना पड़ेगा कोई संगठन आया मदद करने के कोई संगठन नहीं आया तो। कोई ना ना ना कोई। ने। ने अगर आपको अपनी जमीन नहीं मिलती है तो आप आगे क्या करोगे इसमें कुछ नहीं डकैती देंगे। और क्या करेंगे चोरी पर... करेंगे और भी कुछ हो के? बताओ रोटी तो खानी है अगर रोटी तो खानी